बड़ी खबर बेहद दर्दनाक खबर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती है तस्वीरें जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी जगह क्या होता होगा सरकार अपने ही कामों में व्यस्त रहती है ग्रामीण परेशान होते हैं जुगाड़ का पुल बना लिया है बैरसिया में एक महिला को दर्द हुआ डिलीवरी के लिए महिला को ले जाना पड़ा तो महिला को खाट पर लिटा ग्रामीण अपने कंधों पर खाट उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं नजीराबाद से पांच किलोमीटर दूर मीनापुर में पुलिया टूटने से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। अफसोस है कि सप्तम सालों की सरकारों में जो पुल नहीं बन पाया वो ग्रामीणों ने परेशान होने पर 20 मिनट में बना लिया इस जुगाड़ के पुल से एक महिला एक जान को जन्म देने जा रही है लेकिन एक बच्चे को जन्म देने वाली महिला को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कई ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी है आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना है ग्रामीणों ने एक खाद पर महिला को लिटाया बारिश से बचाने के लिए तरफाल से उस महिला को ढका और अब इस जुगाड़ के पुल को पार कर रहे हैं कुछ भी हादसा हो सकता था यह जुकार का पुल सरकता था पानी का बहाव तेज हो सकता था कई ग्रामीणों की जान जोखिम में डली है शिवराज जी जरा ध्यान से देखिए आपके प्रदेश के ग्रामीण किस तरह से तकलीफें झेल रहे हैं किस तरह से परेशान हो रहे हैं और आप हैं कि प्रदेश को मजबूत पुल भी नहीं दे पा रहे हैं ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर चारपाई पार महिला को लिटाया है त्रपाल से ढक दिया है जिससे बारिश में वो भीगे ना और जुगाड़ के पुल से इस पार से उस पार ले जाए ले जाया जा रहा है यहां तक एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती स्वास्थ्य मंत्री की क्या कहें प्रभुराम चौधरी का स्वास्थ्य विभाग वैसे ही राम भरोसे रहता है यहां पीडब्ल्यू विभाग की बात की जाए या अन्य उस विभाग की जिसकी जिम्मेदारी है पुल बनाना या यू कहू मुखिया ही अगर इस पर ध्यान दे देते तो शायद यहाँ एक मजबूत पुल होता और ग्रामीण सुरक्षित इस पार से उस पार जा सकते थे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 with focus on creating industry ready professionals John India's premier skill based university Rabindranath Tagore University